असला वरम वाजरीन कर हिदायत देना चाहते हैं तो उसकी रंग नसल या फिर उसके गुजश्ताम जिंदगी को नहीं देखते कि वो किस कदर गुनहगार था या फिर नकोकार था तो आज मैं आपको दिखाती हूँ सना खान और राखी सामत को कि जो पहले शोबिस की दुनिया में मशगूल थी और राखी सामत जो थी वो तो आ, इस्लाम से ही खारिज थी तो इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी मगर अल्लाह ताला ने फिर जब उनके दिलों में ईमान की तरफ को देखा तो अल्लाह ताला तुमने अपने दीन की तरफ मोड़ दिया बेशक अल्लाह ताला दीन की समझ और बूझ नहीं अता करते मगर उसी शख्स को कि जो अल्लाह तला की तरफ तलब रखता हो या फिर दीन की तरफ तलब रखता हो तो ये देखिए राखी सावत और सना खान की एक साथ वीडियो के जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है राखी सावंत और सना खान को एक साथ नमाज पढ़ते हुए राखी सावंत को सना खान के घर पर एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखकर राखी सावंत और सना खान के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं राखी सावंत का कहना है कि मुझे इतना सकून कहीं भी नहीं मिला जितना मुझे नमाज पढ़कर मिलता है और अगर मेरे एक वक्त की नमाज भी छूट जाती है तो मेरा दिल बेचैन सा हो जाता है और राखी सावंत का कहना है कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ सना खान का जिसने मुझे नमाज पढ़ना सिखाई और मैं नमाज के अलावा भी, भी बहुत सारी चीजें हैं जो सना खान से सीखना चाहती हूँ राखी सावंत को नमाज पढ़ता देखकर कर जहाँ एक तरफ उनके फैंस जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हुए तो दूसरी तरफ उनके बहुत सारे फैंस बहुत उनसे नाराज हो गए उनका ये कहना है कि राखी सावंत जो है वो नमाज भी दिखावे के लिए पढ़ती है यानी इन फैंस का कहना यह है कि राखी जो है वो नमाज भी दिखावे के लिए पढ़ती हैं और रोज़ा भी दिखावे के लिए रखती हैं हालांकि दिनों के बेद सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं इस पर सना खान का कहना भी यह है कि जब मैंने दिन की खातर बॉलीवुड को छोड़ा तो तब लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की थी मगर मैंने उनकी जरा भी परवाह नहीं की अगर मैंने परवाह की तो सिर्फ अल्लाह तला की जात की राखी और सना खान का एक साथ नमाज पढ़ने के बारे में आपकी राय क्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमन मेरे साथ इस बात को शेयर जरूर कीजिएगा बेशक अल्लाह ताला की रहमत उसके गुस्से पर गालिब है वो अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर मतल धोके की जिंदगी है जो दिखाई दे रहा है वो असल में नहीं है और जो असल में है वो दिखाई नहीं दे रहा है दुनिया में क्योंकि दुनिया अ दुनिया सजनिन दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है वन्नतलकाफ़िर और काफिर के लिए जन्नत है मगर साथ रब करीम ने यह भी फरमा दिया है कि वलआ की बतुलमुतिन के मेरे आखरत का गर वह जन्नत के बाग़ा वह नहरें वह शहद और दूध की नहींरें वह दायमी ख़ुशियाँ वायमी सकून वह सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पहजगारों और मोमिनों के लिए हैं तो अजीज़ सामयीन ये फ़ानी दुनिया जिसे अल्लाह तरमा दिया कि यह मकड़ी का जला है और मच्छर का पर है ये तो गुनहकारों काफरों फासकों के लिए है और वो हमेशी की दुनिया जिसे खाल दीन कहा गया जो हमेशा हमेशा बाकी रहेगी वो जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मोमिन के लिए रहेगी और इन आरसी साथ रहने वाले लोगों के लिए अपने हमेशा के रब को अपने मेहरबान रब को नाराज मत कीजिए एक वक्त के वल्ला थे बाजार में बैठे थे किसी ने दरियात किया कि यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो कितनी देर से तो कहने लगे की मैं लोगों को राजी कर रहा हूँ उनके रब के साथ तो उन्होंने कहा कि क्या मामला हुआ तो वो वलीउल्लाह फरमाने लगे कि अल्लाह ताला तो मान रहे हैं मगर लोग नहीं मान रहे फिर कुछ अरसा बाद उसी शख्स ने उस वलीउल्लाह को देखा एक कब्रिस्तान में बैठे हैं काफी देर से तो फिर दरियाफ्त किया कि साहिब आप यहाँ पर काफी देर से बैठे हैं क्या वजह है तो वलीउल्लाह फरमाने लगे कि मैं यहाँ पर अल्लाह तला और उसके बंदों के दरम्यान सुलह करवा रहा हूँ तो उस शख्स ने कहा कि फिर क्या मामला हुआ तो वलियाला ने जवाब दिया कि आज इनका रब नहीं मान रहा बंदे मान रहे है तो आज आपके पास सांसें हैं तो आपके पास मोहलत है और उस वक्त जब आप मर जाएंगे तो आपकी मोहलत तमाम हो जाएगी फिर आप तोबा करना चाहेंगे और तोबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा तो उस वक्त को ज़ाया मत कीजिए कि जो अल्लाह ताला की नेहमत बनकर आपके पास मौजूद है जब यह मोहलत तमाम हो जाएगी तो आपके पास अफसोस के अलावा कुछ बाकी नहीं बचेगा तो कल या परसों से नहीं आज से इसी वक्त से अभी से नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें और तोबा अस्तगफ़ार हो जाएं इसके साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा रमज़ान का खसूसी रहमतों फजीलतों और बरकतों वाला महीना जैसे कि चल रहा है तो अपनी खसूसी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा इसके साथ इजाज़त चाहूँगी असलकम वरह वक्